आज आप लोग को कुछ ऐसे फोटो दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर कर आप लोग सोचने पर मजबूर कर देगी क्या आप बता सकते हैं इन साहब को कितना समय देना पड़ा होगा सैलून में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये देखिए गाय इतनी लंबी कैसे हो सकती है सोच में पड़ गए आप नहीं भाई साहब गाय लंबी नहीं ये तो पुनः कैमरा का कमाल है इस गेट आरोप जंग लगा है या पेंट ऐसी ड्राउन किया हुआ है कॉमेंट बॉक्स में बताए ये बिली कितने पैर पर लगी है बता सकते हैं आप इस कालीन को देखकर जो भाई साहब ने कालीन खरीद कर लाए थे वो तो बहुत खुश थे पर उनका कुत्ता इस कालीन को देखकर घर से भग गया ध्यान से देखिए इस कालीन को इसमें क्या खूबी है इस फोटो में कितनी मिली है दो या तीन वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब